सो हेलो गायस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं टाइटल में लिखा है आज हमारे साथ होने वाला है फ्रेंक तो देखिए ग्रानेट की आवाज़ सुन के मैं जा रहा था हूँ तो गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ और मेरे को एक बंदा टपका देता है तो मेरा दोस्त यहाँ मदद कर देता है और अभी देखिए इस बने रहिए है वीडियो में और ये देखिए इस यहाँ से मेरे मैं मार पाता हूँ नहीं पता है और मैंने मारने की कोशिश की और ये लग गए हेड और मेरे साथ अब होने वाला है मेरे साथ तो नहीं दोस्तों एनिमी के साथ होगा फ्रैंक क्योंकि उसके लग गए एल अब ये देखिएगा इस यहाँ पे निकलता है एक नू बड़ा जिसको मैं दे तो भी वीडियो सब्सक्राइब लगी सब्सक्राइब कर